तो यार एक्सेल की ना दो ऐसी शॉर्टकट मतलब बताने जा रहा हूँ आज के वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं फटाफट से लेंगे जैसे आपके पास में ये वर्कबुक है इसमें कुछ आप बोल्स टाइप करते हैं ऐसे तो ये ठीक साइज है बिल्कुल हमें पकड़ पकड़ के ऐसे ठीक से करना पड़ता है जैसे ये कॉलन है तो इसको यहाँ लाना पड़ता है ये सबको ऐसे ऐसे एक एक को करना पड़ता है तो क्यों ऐसा कोई शॉर्टकट है कि हम टाइप जितना करें जितने करेक्टर हों उतना कॉलन एटोमेटिक हो जाए तो देखिए इसके लिए क्या करना है हमको सिंपली जो भी वर्क पे आप काम कर रहे हैं जैसे सीट वन पे मैं काम कर रहा हूँ राइट क्लिक करना है यहाँ से आ जाना व्यू कोड पर क्लिक करना कुछ इस तरह का पैनल आपके पास खुल जाएगा विजुअल वैसिक जो कोड देते हैं हम तो यहां से ऊपर जाना है ये जो जनरल लिखा है यहां पर वर्कशीट लेना है ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा यहां पे आपको टाइप करना है सेल्स डॉट एंटायर सॉरी सेल्स डॉट एंटायर कोलन उसके बाद में डॉट ओटो फिट ये देखिए ऑटोफिट सेलेक्ट करना कुछ नहीं करना इसको बंद कर दो पैनल को कोई दिक्कत नहीं है अब यहां से हम टाइप करना शुरू करोगा देखो ये जैसे ही आप जितना टाइप करोगे पोन उसी हिसाब से ऐटोमेटिक एडजस्ट कर ले जाए ठीक है और आपको कुछ नहीं करना आप अपने डाटा एंट्री करते रहो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट करते रहो एक हो गया दूसरा चलते जैसे आपको पता करना है कि इस डेट में कौन सा डेथ था मीन्स संडे मंडे ट्यूसडे वाला तो कुछ नहीं करना सिंपली मा चार बार डी डी डी डी लिख देना है कोमा बंद कर देना इनवर्टेड कोमा और एंटर मार देना ये देखो फ्राइडे था ठीक है कोई भी डेट डालो उस दिन का एटोमेटिक डे आ जाएगा तो दोनों ट्रिक्स कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना तब तक के लिए दूसरी कोई ट्रिक का इंतजार करिए थैंक यू